आज हम आपको जहाँ लेके जाने वाले हैं ना आई कैन बेट उस प्लेस के बारे में आप में से कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा क्योंकि करजत ये जो प्लेस है ना इस प्लेस का नाम कुछ स्पेसिफिक जगहों से जोड़ा जाता है कुछ दो तीन वाटरफॉल्स दो तीन ट्रैक्स बस करजत का नाम लोगे तो उतना ही दिमाग में आता है इवन आप गूगल पे अगर करजत के बारे में सर्च करोगे ना तो भी ये प्लेस आपको दिखेगी नहीं लेकिन आज हमारे साथ आपको ये प्लेस ज़रूर देखने मिलेगी करजत और मॉनसून इन दोनों का एक अलग ही रोमांटिक रिश्ता है मॉनसून में आपको करजत में डेस्टिनेशंस ढूंढने तो नहीं पड़ते लेकिन फिर भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस हो चुके हैं एंड बाई देट आई I मीन mean काफ़ी क्राउडेड भी बट आज का अपना डेस्टिनेशन ना तो फेमस है और ना ही क्राउडेड बट येस इट्स स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड सूदिंग प्लेसेस अराउंड करजत और जब मैं आपको इस प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँगा ना तब आप कहोगे यार ये मैंने कैसे मिस कर दिया लाइफ इज वाइंडिंग रोड नो छो ड्राइविंग टू डे इज एन नाइट ऑफ ट्रैफिक लाइफ even if the sky is falling down i will keep on searching for my high you can say i lost my mind and i will keep on holding my head high even if the sky is falling down hello friends welcome back and thank you for tuning in once again to our channel you're watching counting kilometers ट्वेल well, इस ब्लॉक को एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखना है ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है तो लेट्स जंप टू द पॉइंट्स रेड अवे आज अपने साथ और कोई भी नहीं है सिर्फ मैं और प्रियंका सोशल डिस्टेंसिंग हम भी मेंटेन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बाइक <laughs> पे तो नहीं कर सकते वैसे एनी दिस प्लेस डैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जस्ट ट्वेंटी फाइव फ्रॉम करजत इजिली एक्सेसिबल एंड नेसल्ड इन अ ब्यूटिफुल नेचुरल सेटअप तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ से निकलने का मन नहीं करता ये एक सच्चाई है So, वहां पे पहुंचने में ज्यादा देर नहीं करनी है अभी विल बी एट द डेस्टिनेशन इन लाइक थ्री टू वन एंड नाउ। आफ्टर अराउंड वन आवर्स राइड टू अंबिवली विलेज अ अली टू मिनट्स वॉक टेक्स अस टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस राइट नेक्स्ट टू अ रिवर। This place is known as Ambuly Caves. It is basically a vihar, meant for residence of monks in ancient times. As you all know, all the tourism attractions in Maharashtra are still closed due to COVID-19, and so is this one. But I can still show you what it is like on the inside. You know how? ये vihar कुंडने caves के vihar का exact structure का replica है. लेकिन हाँ, unlike कुंडने, यहाँ पर आपको हर एक intricate detail आज भी देखने मिलेगी. यहां पर बना हुआ हर एक स्ट्रक्चर आज भी सही सलामत है इस विहार के अलावा यहां कुछ वाटर सिस्टर्न्स हैं जिनमें हमेशा पीने लायक पानी भरा रहता है Sometimes the peace of mind that a place offers is all that matters. The answer is jagka ka, yaha ke mahol ka hota hai. So, we didn't at all mind seeing a lock on the door here, and I hope you wouldn't mind that too. At least in this video. So as I said, ये place hidden है और शायद इसी वजह से ये इतने अच्छे shape में है. अभी तो फिलहाल lock है, but it's still okay. वी कोड एटलीस्ट शो यू अ न्यू प्लेस जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठना और आजू बाजू में जो नज़ारे हैं ना ये सब देखना ये एकदम सूदिंग एक्सपीरियंस है बहुत ज़रूरी है आजकल की सिचुएशन में ना ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है एज आई प्रोमिस टाइम गुंडो टेल यू द लोकेशन अबाउट दिस केव अम्बिउली विलेज से बहुत से लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि पेट फोर्ट के लिए जब भी आप आते हो कोथड़ीगढ़ फोर्ट के ट्रेक के लिए तो अम्बिवली विलेज से ही वो ट्रैक शुरू होता है सो यू कैन इमेजिन कि आम्बेली जो विलेज है जहाँ से आप पेट फोर्ट के ट्रक के लिए जाते हो उस विलेज से हार्डली एक किलोमीटर के डिस्टेंस में ये प्लेस है और शायद ही किसी को पता है कि यहाँ पे इतने अच्छे केव्स भी एग्जिस्ट करते हैं वेल इफ़ यू हैव नॉट बीन टू पेट सोलनपाड़ा वॉटरफॉल जो आजकल बहुत चर्चे में है इट हैज़ लाइक बिकम वन ऑफ द प्राइम स्पॉट्स इन करजत तो सोलनपाड़ा वाटरफॉल का जो रूट है उसी रूट से तो 200 मीटर अंदर है सिर्फ ये 200 या 250 मीटर मैक्सिमम। सो द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर प्लानिंग सोलनपाड़ा और पेट कोतलीगढ़ अम्ब्योली केवज़ को मिस मत करो और यहाँ से अभी निकलना कितने बजे कितने टाइम के बाद वो तो पता नहीं क्योंकि मैडम तो हिल नहीं रही यहाँ से नदी देख इज एंजॉइंग <laughs> दिस प्लेस इज़ लाइक दैट ओनली यहाँ पे आने के बाद और आपको यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी अनलिस एन अनिल इट्स वीक एंड आजकल जितने गिने चुने लोगों को पता है वो लोग सोलनपाड़ा के साथ इसको क्लब करते हैं या फिर पेट कोतड़ीगढ़ के साथ इसको क्लब करते हैं बस वही लोग आपको यहाँ मिलेंगे अदरवाइज आपको यहाँ पर पूरी काम और सीरीन पूरा क्या बोलते हो उसको शांति मिलेगी यहाँ पे फिजिकली शांति मिलेगी मन की शांति तो मिलेगी ही, लेकिन फिजिकली यहाँ पे शांति मिलेगी आपको बाय द वे पेट कोतलीगढ़ भी अगर आपने किया नहीं है ना तो पेट कोतलीगढ़ का ब्लॉग यहाँ पे लिंक है देख लो बहुत सही प्लेस है इजी ट्रैक है लेकिन देखने लायक है तो पेट कोतलीगढ़ का ब्लॉग भी देखो विथ डैट सेड इतनी शांति है तो थोड़ी सी शांति हम भी इन्जॉय कर लेते हैं शांति से बैठ के थोड़ी देर आराम करते हैं यहाँ पर नज़ारे देखते हैं फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए प्लेस के साथ किसी नए एक्सपीरियंस के साथ और पॉसिबल हुआ तो शायद अपने नए ड्रोन के साथ प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ लेकिन मोस्ट प्रॉबली अगले वीडियो तक अपना ड्रोन अपने हाथ में होगा कैसे होगा कैसे अपने हाथ में आएगा ये सब आपको अगले ब्लॉग में ही पता चलेगा इफ़ एवरीथिंग हैपेंस हैपन्स एज पर द प्लान सो अगले संडे फिर मिलेंगे तब तक के लिए स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी कीप काउंटिंग किलोमीटर्स